छतरपुर में सड़क किनारे खड़ी बुलेरो कार में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री की दबने से दर्दनाक मौत हो गई। कनिष्ठ यंत्री बिजली लाइन की पेट्रोलिंग के लिए स्टाफ के साथ चौपरिया बिलवार मोड़ पर गए हुए थे उसी दौरान यह हादसा हुआ घटना कुलगंज थाने के बिलवार के पास की है गुलगंज में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री विवेक राज तिवारी बिजली लाइन की पेट्रोलिंग के लिए स्टाफ के साथ चौपरिया बिलवार मोड़ पर गए हुए थे की लाइन देखने चला गया और वे खड़ी बोलेरो कार में बैठे हुए थे तभी दर्दनाक मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस दल बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंची जिससे ट्रक के नीचे बोलेरो कार में दबे मृतक का शव तीन घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया और शव का पंचनामा बनाकर बड़ा मलेरा पोस्टमार्टम को भेज दिया गया जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन